अक्सर सपने सच हो जाते हैं। स्ट्रीम कर रहा है सब। भाई भाई भाई। आदित्य करने तो, तो आप भी करो ना किसी ने मना थोड़ी कर दिया कि भाई भाई। स्ट्रीम नहीं करना भाई। यार मैं वेट कर रहा हूँ वन मिलियन का क्योंकि वन मिलियन के बाद हम लोग इसे ये जो क्लासिक क्रिएट है ना इसमें से हम इसे निकालने वाले हैं की रेट में से हम इसे निकालेंगे इसके लिए आपको क्या करना है भाई मेरे बीसी तो खर्च नहीं हो रहे अबे मेरे यूसी जीरो कैसे हो गए भाई हेलो <laughs> मेरे ये जीरो यूसी कैसे हो गए भाई मेरे तो बहुत सारे यूसी पड़े थे मेरे काउन में मैंने बहुत सारे यूसी एड करे थे फाइनली कुछ बढ़िया जल्दी, जल्दी। ताँग। ओ, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ क्या तो सो जाके तो अबे ये देख। भाई तुम अभी चिल्लाऊंगा नहीं मैं हेलो। भाई क्या हो गया ये ओ भाई भाई भाई, भाई मारो भाई सब लोग डर गए घर में मैं तीते चिल्लाया घर में सब डर गए अरे मम्मी गेम का अपना कुछ मैटर है तो मम्मी स्ट्रीम कर रहे हैं तो थो, थोड़ा बहुत तो चलता है एक्साइटमेंट है वो तो ओह माय गॉड ओह माय गॉड ओह माय गॉड स्क्रीन शॉट मैं क्रिएट ओपन कर रहा था तीन चार क्रिकेट बची हुई थी लास्ट क्रिएट में निकल गया <laughs> और भाई मैं क्या कह रहा था सपने सच होते हैं भाई मैं अभी कसम से ना सोच रहा था मैं क्रिएट छह की छह सात क्रिएट है मेरी क्रिएट क्रिएट निकालता हूँ छह सात क्रिएट में और भाई ग्लेशियर निकल जाए <laughs> नहीं मैंने बोला नहीं था मैं मन मन में सोच रहा था मैं, मन -मन, मैं जब बोला था ना अभी मैंने बोला मेरे मैं सपने सच होते हैं तो मैं बहुत दिनों से बोल ही रहा था कि पे की वन मिलियन में कहीं से ठोप नहीं करेंगे भाई ये तो निकल गई भाई हेलो कैसे ओ भाई घर में सब डर गए यार पापा वापो भी सब भाई ओह भाई, ओ भाई ओ। अभी वही तो लूंगा मैं रुक जाना ये क्या बार बार आ जाता है तो किसकी तो तो तो आईडी है ये तो सर मेरी आईडी तो है ही नहीं है ओ ओ ओ मेरी भाई आई डी में निकलिया ये तो नाम चेंज करूंगा यार करूंगा मैं नाम चेंज करूंगा ओ! <laughs> देखो भाई स्कैम ओ, स्कैम हो गया तो मेरे साथ भाई तेरी आईडी <laughs> में <laughs> तो नहीं नहीं नहीं नहीं भाई। भाई। नहीं नहीं तू बीजे माई क्यों खेलेगा तू जाके अपनी वो देख वेब सीरीज देख जाके वेब सीरीज देख अब क्यों खेलेगा बीजे माई आईडी भाई इसके यार ये तो भाई मैं नाम चेंज लेके आया हूँ मैं आई डी में क्यूँ खुल गयी यार मेरी आई डी में क्यूँ नहीं खुली आईडी में क्यों नहीं दोनों की निकली थी बहुत बहुत भाई क्यों नहीं निकलू भाई यार मेरी आईडी डी दे मेरी आईडी डी दे चलो मैं इस आईडी से तू मेरी आईडी से खेलियो। चलो गाइस, आज तो इतना आज तो अपना हो गया भाई आज तो हम लोग सेट हो गए भाई